अच्छा जो भारत की जो कहा जाता है कि भारत के संप्रभुता और जो है सो अखंडता और सिक्योरिटी पे ये दाव लगाया जा रहा है तो क्या ये सत्य है या असत्य है ये लोग भ्रम में भी डाल रहे हैं लोग भाजपा वाले भी लोग भ्रम में डाल रहे हैं ऐसा नहीं है कि नहीं डाल रहे हैं इस पे कहना भी क्या कहें तो लोग तो कहते कुछ और, और करते कुछ और हैं। अरे कहना क्या चाहते हो बेटा तुमसे ना हो पाएगा हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है तुमसे ना हो पाएगा तो रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ क्या युवा इस योजना से हताश हुए हैं मेरे देखने में तो सरकार जो इस समय बोल रही है कि असम राइफल में डालेंगे या बैंक में डालेंगे या यहाँ डालेंगे या वहाँ डालेंगे ईसा तो बोल रही है लेकिन उसे कोई कागजी कार्रवाई तो नहीं जोग! जोग! अरे कहना क्या चाहते हो कंट्रोल Control. जैसे आप आम पब्लिक हैं, तो आम पब्लिक के हिसाब से आप क्या ये देख रहे हैं जुमलेबाजी है सरकार की या सत्य साबित होगी जो सरकार अभी बोल रही है बीजेपी का सरकार में में तो यही है कि में है। कि 100 50 जुमलेबाजी ही चल झूठा। हाँ, चलिए तो अभी आ, नाम क्या हुआ आपका? जी मेरा नाम करण कुमार सिंह हुआ जी अभी हम लोग करण कुमार जी से बात कर रहे थे और जो अग्निपथ योजना है उसके बारे में हम लोग विस्तारपूर्वक अभी चर्चाएं कर रहे थे अभी हमारे साथ आपसे सवाल था मेरा जैसे अभी हाल ही फिलहाल में जो घटनाएं घटित होती हुई हैं जैसे आगजनी किया गया पथराव की गई ट्रेनों में आग लगा दी गई तो क्या ये युवा वर्ग जो हताश थे जो फौज की तैयारी कर रहे थे उनके द्वारा किया गया या ये उपद्रवी तत्व के लोग थे वो किए युवा से नहीं कर सकते हैं मैं भी एक युवा को जला नहीं सकते हैं जो जलाए हैं वो शायद अलग हम भी एक युवा हैं और युवा को नहीं जलाते हैं। लेकिन युवा को बस जवाबों को सुना जाए सरकार से निवेदन उनकी बातों पर मनसा जरूर दी है सरकार जी, जी. ये बड़ी अच्छी बात कही आप नाम मनीष कुमार सिंह हुआ गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से है अभी ये जो योजना चल रही है ये पूर्ण रूप से सही अभी नहीं है पीछे सरकार अभी ठीक से समीक्षा नहीं की थी इसलिए कि युवा लोगों को भड़कने का कारण था कि मालिक हम आधे से अधिक ट्रेनिंग में पहुँच मतलब हम वैकेंसी कर लिए कर लिए लास्ट पोजीशन है उस अगर नियम आए तो लाजमी है कोई भी युवा भड़केगा अभी ये सरकार को फुल प्रूफ से प्रदान कर लेना चाहिए था तब उतारना चाहिए धार पे ये बड़ी अच्छी बात कही आप अभी ये बोला जा रहा है कि जैसे जो भी युवा भर्ती होंगे अग्निवीर में उनको 25% उनको जो बचेंगे उनको 25% को ही रेगुलर फौज में किया जाएगा तो इससे क्या हमारे जो भारत के सिक्योरिटी है उस पर क्या असर पड़ सकती है हाँ असर पड़ेगा क्योंकि मान लीजिएगा हम लोग हम दो आदमी हैं लोग अब इसमें से दोनों आदमी लोग को जाना चाहिए अब इसमें 25% जाएगा तो एक आदमी हताहश तो करेगा एक का हो रहा मेरा नहीं हो रहा तो इसमें लोगों का रुझान नहीं हो जाएगा सेना की तरफ खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया अग्नि भी अग्निपथ योजना के बारे में एक बार आप विस्तार पूर्वक बताइए कि क्या है अग्निपथ योजना अग्निपथ योजना यह है कि इसमें चार साल की नौकरी के लिए बेरोजगार युवाओं को ज़्यादा वैकेंसी के लिए ज़्यादा ज़्यादा युवा आएंगे उसमें वैकेंसी चार साल में और उसके बाद फिर चार साल के फिर दूसरा युवा आएंगे इसमें बेरोज़गारी कुछ कम होगी युवाओं की बस यही तो जान तो जैसा कि आप सभी को मैं बता दूँ कि अभी हम लोग जो हैं जिला स्कूल के प्ले ग्राउंड में है और यहाँ जो हमारे कुछ खास पब्लिक थे कुछ खास मित्र थे उनसे आपको अभी रूबरू कराएँ और जी अग्निपथ योजना क्या है इसके बारे में आम लोगों को जानकारी है या नहीं युवाओं के लिए ये कितनी लाभदायक और कितने घाटे की सौदा है इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग आपको